फोन पर बातचीत के नियम हम सबके जीवन में एक ना एक व्यक्ति ऐसा जरूर होता है कि जिसे हम बेहद पसंद करते हैं और उसके साथ हमारा अपना जीवन भी व्यतीत करना चाहते हैं इसके लिए आपको सही साथी की झलक दिखाई देनी चाहिए एक सही साथी कोई अति विशेष भी नहीं होता है बल्कि वो एक सामान्य व्यक्ति होता है जो बस अपने प्रेमी या प्रेमिका की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता है इसी स्थिति में आपके काम आएगी हमारी उनसठवीं तक नहीं जो ये कहती है जब भी आपका पार्टनर आपको कोई छोटी सी बात कहे जो उन्हें खुश करते तो उसको अपने दिमाग के अंदर रखें और उसे बार बार दोहराएं मगर किसी दिन सही अवसर मिलने पर आप उनसे वही बात कहें और बताएं कि कैसे उस दिन आप उन्हें खुश देकर बेहद अच्छा महसूस कर रहे थे जब आपके साथी को ये पता चलेगा कि हम उनके बारे में छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं तो उनकी नज़रों में आप एक सही साथी उभर कर नजर आएँगे एक सही साथी की अगली खास बात यही होती है कि वो अपने साथी को हमेशा वक्त देता है जब आप अपने साथी से दूर होते हैं तो मोबाइल ही एकमात्र साधन होता है जो आप दोनों को करीब लाता है। ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि आप ये जाने कि कैसे हम फ़ोन पर उतने ही उत्साह के साथ बात कर सकते हैं जितनी हम किसी व्यक्ति के सामने होने पर करते तो हमारी अगली तकनीक आपको यही सिखाएगी कि आप फोन पर अपने साथी के साथ कैसे बेहद उत्साह के साथ बात कर सकते हैं इस तकनीक को इस्तेमाल करने के लिए आपको केवल इतना करना है कि जब आपका साथी आपको कॉल करे, तो आपको हर बार अलग तरीके से बोलना उदाहरण के लिए जब आप खुश होते हैं तो आपकी खुशी आपकी आवाज़ में महसूस होनी चाहिए इससे आपके साथी को ये पता चलेगा कि आप उनसे बात करके बहुत खुश हैं इसी क्रम में आती है हमारी अगली तकनीक अक्सर आपसे फ़ोन पर बात करने वाला व्यक्ति आपसे काफ़ी दूर होता है ऐसे में आपके साथी को ये महसूस कराना है कि आप उनके बेहद करीब हैं इसीलिए आप जिस नाम से उन्हें पुकारते हैं उस नाम को बार बार फ़ोन पर दोहराए जब भी आप किसी का नाम लेते हैं तो आपको उस व्यक्ति का ध्यान नहीं है इससे उसको लगता है कि आप लगातार उनके संपर्क में हैं और उनकी करियर क्या आपको पता है कि जब भी आपका साथी आपको फ़ोन करता है तो आपको उसे सबसे पहले क्या कहना चाहिए यह भी एक बहुत ज़रूरी बात होती है और अक्सर लोग यहीं पर गलती कर बैठते हैं हमारी ये तकनीक आपको सिखाएगी कि जब भी आपका काम या कोई अजीज दोस्त आपको फ़ोन करें तो सबसे पहले आप उसे भी मना नहीं कर ऐसी स्थिति में आपको बचाएगी हमारे त्रिषण इस तकनीक में आपको बस इतना करना है अपने सहयोगी कर्मचारी की फोन के साथ भी अपनी जान पहचान गहरी कर पाएंगे और आपका काम जल्दी होने के आसार भी बढ़ जाएंगे फोन पर बात करते समय एक और तकनीक आपके बहुत काम आएगी ये तकनीक कहती तो फोन करने के ठीक बात आपका पहला सवाल ये पूछना चाहिए बात करने का ठीक समय है इस तरह से आपके किसी भी व्यक्ति को खुद से बात करने का मजबूत नहीं करते ऐसे ही एक और तकनीक आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो और उसी दौरान आपको उनके पीछे इसी चीज की आवाज आए जैसे किसी व्यक्ति द्वारा उन्हें बुलाने की उसको के आओ प्लीज वो किसी व्यक्ति के रोने की। आप तुरंत उनसे पूछो कि वो अभी व्यस्त है इससे यदि वो व्यक्ति व्यस्त होगा तब आप उनको इग्नोर शायद व्यक्ति शोर पर लगा रहा है उनके साथ-साथ जब भी आप हमारी अगली तकनीक भी है। आपके साथ ऐसा कितनी बार हुआ होगा जब आप किसी को फोन करते हैं तो उनके फोन का इंतजार करते रहते हैं हमारी अगली तकनीक आपको यही सिखाएगी कि कि किसी व्यक्ति को आप ऐसा क्या बोले जिसे वो व्यक्ति आपको दोबारा फोन करें इसके लिए जब भी आप किसी को फोन करें तो ऐसा सोचें जैसे आप हॉलीवुड के ऑडिशन के लिए करा रहे हैं जहां आपके पास सिर्फ दस सेकंड है अपनी बात कहने के लिए इन्हीं दस सेकंड में आपको जो जरूरी बात कहनी है, वो कह दीजिए इसके बाद वो व्यक्ति आपको वापस फोन करेगा ये पूरी तरह से संभव है अब बात करते हैं जब भी आप किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से बात करने के लिए उन्हें फोन करते हैं ऐसे में अक्सर उनके सिक्रेटरी आपको कोई सेल्समैन समझ आपकी बात उस वी व्यक्ति से नहीं कराते हमारी अगली तकनीक में हम आपको ये सिखाएंगे कि कैसे आप वीआईपी व्यक्ति के सिक्रेटरी से ऐसी बातें करें जिनसे उनको लगे कि आप वीआईपी व्यक्ति के दोस्त इसके लिए आपको ये बात करना है कि जब आप ऐसे वीआईपी व्यक्ति को फ़ोन करें और उनके सिक्रेटरी फ़ोन उठाएं, तो आपको बस ये कहना है कि हेलो मिस्टर मैं फलाना व्यक्ति बात कर रहा हूँ इसमें आप अपना नाम लेंगे और उसके बाद कहेंगे कि वो वी व्यक्ति का नाम जिसे आप बात करना चाहते हैं, अभी अंदर हैं अब जब आप उसी व्यक्ति के बारे में साधारण होकर बात करेंगे तो उनके सिक्रेटरी को भी यही लगेगा कि शायद आप दोनों एक दूसरे के दो तो, इससे आपकी और उस वी की बातचीत होने की आसार बढ़ जाएंगे फोन पर बातचीत के लिए हमारी आखिरी तकनीक यानी तकनीक नंबर सत्तर में आप ये सीखेंगे कि जब भी आपका कोई व्यावसायिक फ़ोन आए तो उसे रिकॉर्ड अवश्य करें फिर उस रिकॉर्डिंग को एक या दो बार फिर से सुन इससे आपको खुद पता चलेगा कि आपकी कौन सी बातें आपके सहायक व्यापारियों को एहसायस -ऐस कर सकते हैं तो इसी के साथ समरी यहीं समाप्त होती है मिलते हैं अगले सीरीज में तब तक के लिए धन्यवाद